वीडियो को लाइक करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर करिए क्योंकि मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है तो मेष राशि के जातकों आपको करना क्या है देखिए आपके जो इष्ट देव हैं हनुमान जी हैं तो मंगलवार को शाम के समय तांबे की हनुमान जी की प्रतिमा लानी है या यदि आप मिट्टी की भी प्रतिमा लाते हैं तो भी ठीक है और इसको अपने घर के ईशान कोड़ में जरूर रखिए और इस प्रतिमा के समक्ष प्रतिदिन यदि हो सके तो एक दीपक जलाइए तिल के तेल का और आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना रहेगा अब आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा के उन्हें पंडित जी बताए कि हनुमान अष्टक जो है आपके कष्टों को हरने के लिए है तो हनुमान अष्टक का प्रतिदिन आप लोग एक पाठ प्रातः काल जरूर करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और किस्मत की चाबी खुल जाएगी हनुमान जी सभी काम आपके बनाते जाएंगे कलियुग में आज भी यदि कोई प्रत्यक्ष और जीवित देवता है तो वो हनुमान जी हैं तो आप तांबे की ला सकते हैं अथवा मिट्टी की ला सकते हैं देखिए जो मंगल है ना मंगल प्लेनेट है मेष राशि का जो स्वामी है ये मंगल ग्रह होता है तो मंगल की जो वस्तुएं होती हैं मिट्टी भी होती हैं और तांबे भी होती है इसीलिए हमने तांबा और मिट्टी बताया आपको चांदी नहीं बताया आपको गोल्ड नहीं बताया तो इससे रिलेटेड आप हनुमान जी की मूर्ति लाइए आपको अवश्य ही लाभ होगा और बहुत बड़ी प्रतिमा मत लाइएगा चार अंगुल से कम की मूर्ति लाइएगी या आपके घर में यदि रखी हुई है प्रतिमा तो आप लोग उसको पुनः शुद्ध करके ईशान कोड़ में रख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो मेष राशि के जात को आप लोग जरूर बताइएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार